जय हिंद एक कंप्यूटर का पार्ट टू है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है दो दिसंबर को या तीन दिसंबर को चार दिसंबर को या फिर पाँच दिसंबर को तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना चाहिए था दो दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रश्न नंबर ग्यारह निम्न में कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं नहीं है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है क्या माउस नहीं है या कीबोर्ड नहीं है जॉस्टिक नहीं है या फिर प्रिंटर नहीं है तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना चाहिए प्रिंटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है प्रश्न नंबर तेरह भारत की सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है बंगलौर में कोलकाता में तमिलनाडु में या फिर केरल में इस प्रश्न का सही जवाब है बंगलौर में प्रश्न नंबर चौदह चुंबकीय डिस्क पर किस की पर चढ़ी होती है क्या सिल्वर ऑक्साइड की चढ़ी होती है या आयरन ऑक्साइड की जड़ी होती है या फिर गोल्ड ऑक्साइड की जड़ी होती है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की जड़ी होती है स करिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है तो इस प्रश्न का सही जवाब है आयरन ऑक्साइड चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है प्रश्न नंबर 15 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था क्या पाल एलन ने किया था या न्यूमैन ने किया था जे स्किल्वी ने किया था या फिर सबीर भाटिया ने किया था इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है यदि सबीर भाटिया तो यह बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही जवाब है जे.एस. एस जे.एस. जे, जे ने ही आईसी का आविष्कार किया था प्रश्न नंबर 16 कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है क्या बिट होती है बाइट होती है निबल होता है या फिर किलो होती है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने यदि दिया है बिट तो बिल्कुल सही जवाब है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है प्रश्न नंबर 17। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था क्या दैनिक जागरण था या आज था द हिंदू था या फिर हिंदुस्तान टाइम्स था इस प्रश्न का सही जवाब है द हिंदू प्रश्न नंबर 18। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं क्या मॉडेम कहते हैं या गेटवे है? कहते हैं राउटर कहते हैं या फिर पोर्ट कहते हैं चलिए गेस करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है मॉडेम। मॉडेम से ही बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है प्रश्न नंबर उन्नीस एक किलो किसके बराबर होती है क्या एक बाइट की होती है या एक बाइट की होती है या फिर एक बाइट की होती है या फिर एक बाइट की होती है ये बहुत सी इजी सवाल है सर इस प्रश्न का सही जवाब है 1024 बाइट के बराबर होती है एक किलो बाइट प्रश्न नंबर बीस निम्न में किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक है जो नीचे दी गई है उसमें से क्या किलो बाइट की है या गीगा बाइट की है या बाइट की है या फिर टेरा की है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे अगले